हम जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे पैप्सी का लोगो।, लोगो? पेप्सी। ये दिल लोगोल ड्रॉ करोगे अब यह सर्कल है या नहीं ये कैसे पता लगेगा इसकी वेथ और इसकी हाइट दोनों क्या होनी, दोनों होनी चाहिए दोनों चाहिए अगर किसी सर्कल की विथ और हाइट क्या है इक्वलेंथ है तो ही वह सर्कल क्या है सर्कल है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या है इसकी जो विथ है और जो इसकी हाइट है, है दोनों ही क्या है इक्वल है तो ये क्या है एक सर्कल है। अब इस सर्कल को हमें क्या करना है दो पार्ट्स में इक्वलेंथ डिवाइड करना है अब इक्वलेंथ डिवाइड करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है यहां पर एक ऑप्शन है इसको पाई बोलते हैं आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से, इस तरीके तरीके से, से हो जाएगा। यहां पर आपको आपको जो जो है 180, यहां पर जो पर पुट करनी है, वो करनी है 180, आप यहां पे 180। 180 पे पे वैल्यू करनी करनी वो जैसे आप करोगे, तो होगा क्या ये हाफ हो जाएगा, जाएगा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा? जाएगा। हाफ अभी क्या करना है हमें इसका चाहिए, तो का आपको प्रेस करना है या आप यहाँ भी शायद आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा कंट्रोल डी इसका इसका इसको भी ले सकते हैं तो डुप्लीकेट आ गया अब इसको फ्लैप मारना है मतलब इसको उल्टा करना है तो उल्टा करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर दो फ्लैप ये फ्लैप हो गया अब इसके इस इसको इस रख दो इस तरीके से कम्प्लीट सर्कल बन गया अब हमें क्या करना है हमें एक आ, रेटेंगल लेना है और उस रेटेंगल को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है अब हमें क्या लेना है एक शेप टूल लेना है ये शेप टूल होता है इसके ऊपर राइट क्लिक करके कंट्रोल क्यू कर देना है या कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है या की से आप कंट्रोल क्यू भी प्रेस कर सकते हो अब माउस का जब रिंग घुमाओगे तो आप इसके से जूम कर सकते हो यहां पे आपको राइट क्लिक करना है तो करना है और इसको यहां से पकड़ के यहाँ ड्रॉप करना है इसी तरीके से अगर आप यहां पर जूम करके देखोगे तो बाहर जा रहा है अगर बाहर जा रहा है तो इसको अंदर फुट करो और इस पे राइट क्लिक करो टूक ऑफ करो इसको यहां से उठाओ और यहां पर रख एकदम इसको इस अटैच कर देना है आपको फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है लाइन पर तो कर्व करना इस इस पकड़ के और इसके इसको ऊपर रखना है इसी तरीके से इसको यहाँ पे फिर कॉफ करना है इस लाइन से इसको कहा लाना है आपको इस लाइन से इसको आपको नीचे करना है और इस लाइन से आपको इसको क्या करना है ऊपर करना है। इस तरीके से यहाँ पे एक और यहा डालना है, है, है व्हाइट कलर और इस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है राइट क्लिक से लाइन में कलर जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे का पूरा क्या आ जाएगा इस पर कलर आ जाएगा अभी क्या करने का है अभी आपको यहाँ पे एक टेक्स टूल लेना है अब यहाँ पे टेक्स टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है आपको जो भी फ़ॉन्ट पेप्सी के लिए ठीक लगता है कि हाँ इस फॉन्ट में पेप्सी लिखा जा सकता है तो वो फॉन्ट आपको यहाँ से ले लेना है और क्लिक करके आपको पैप्सी को लिख लेना है तो यहाँ पे हमने पैप्सी लिख लिया अब इस फॉर्म जगह और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे पैप्सी इस पूरे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी कंट्रोल जी ग्रुप होता है इसे ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप हो जाएगा अगर आपको इसमें शेडो देना है तो शेडो देने के लिए यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन आता है यहाँ पे टू इसमें और इस तरीके से यहाँ पे शेड दे सकते हो जिससे थोड़ा सी उठा उठा सा लगेगा mm. ये दिल मागे मोर इस तरीके से आप का लोगो बनाएंगे